छा गया है देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन है संख्याओं पंद्रह बीस पच्चीस और तीस के लघु मतलब LCM पहले निकालेंगे, फिर उसका इन संख्याओं का करेंगे, निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे बहुत सारे तरीका बताएफ निकालने के लिए हम आपको चार पांच तरीका बताए फिर भी नहीं आ रहे हैं देखिए एलसीएम कैसे निकाल निकाल लेंगे जब तक आपको निकालेंगे नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा देखिए 15 है है है है है और क्या है? 20 है, 25 है, 30 है. LCM, बेसिक तरीका दो से कटने वाली संख्याएं दिख रही है हां तो 15 नहीं कटेगा लिख देंगे 20 कटेगा दो दहा में बीस कटेगा 25 कटेगा नहीं कटेगा लिख देंगे 30 दुना के तीस, बार में कट जाएगा फिर देखिए दो से कटेगा हाँ। नहीं कटेगा नहीं छोड़ दीजिए दो पच्चे दस कट गया पच्चीस कटेगा नहीं कटेगा लिख दीजिए पंद्रह कटेगा नहीं कटेगा लिख दिए फिर देखिए तीन से काटिए तो तीन पच्चे पंद्रह पांच पच्चीस नहीं कटा लिख दिए तीन पच्चे पंद्रह देखिए तीन से कटने वाली कोई संख्या नहीं पांच से कटने वाली है तो पांच से कटाएंगे पांच पाँच, से कटेगा क्योंकि एक इसमें दिख रहा है, तो है पांच एक ठीक है सब नीचे एक एक हो गया अब देखिए एलसीएम इसका क्या होगा इसका जो एलसीएम होगा एल सी एम वो होगा दो गुने दो, दो गुने दो गुने तीन गुने पांच गुने पांच पांच गुने पांच ठीक है देखिए समझने का प्रयास करेंगे तो दो दुना के चार चार तीन बारह बारह पच्चे साठ साठ पच्चे तीन सौ क्या होगा एलसीएम होगा तीन सौ एलसीएम आया तीन सौ अब बताएं तीन सौ एलसीएम आ गया एच सी एचसीएफ क्या होता है हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बड़े से बड़ा बड़े संख्या जो इन संख्याओं को विभाजित कर सके तो बड़े से बड़ा संख्या क्या होगा आप देखिए यहां पर पंद्रह पंद्रह तो कट जाएगा तीस कटेगा लेकिन बीस और ये नहीं कटेगा तो और छोटा लेंगे तीन पांच सात नौ ऐसे कुछ सोचिए तो देखेंगे पांच पांच अगर लेंगे तो पांच पंद्रह पांचों को बीस पांच पचास पचीस पांच पांच से कट रहा है तो एच सी पांच हो जाएगा या एच सी निकालने के लिए एक हम तरीका आपको बताए थे जैसे ये संख्याएं है क्या है पंद्रह बीस और उसके बाद से है पच्चीस तीस है और क्या है तीस है HCF निकालने के लिए LCM वाला ही एक मेथड हम आप लोगों को बताए थे। विभाजित हो देखिए चार देखेंगे तो बीस कटेगा पर पंद्रह नहीं कटेगा पांच से देखा जाए तो पंद्रह भी कट रहा है पांच पंद्रह पांचों को बीस पांच पचास पचीस पांच यानी पांच से क्या हो रहा है सभी संख्या कट रही है पांचो पांच पंद्रह पांचों को बीस पांच पच पचीस पांच छह अब ऐसी कोई संख्या लीजिए जिससे ये तीनों संख्याएं कटे तो आ, तीन चार पांच छे ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीन चार पांच छह को काटे सिवाय एक को छोड़ के तो एक का तो, को तो कोई मतलब ही नहीं पांच गुण एक पांच ही होगा अगर पांच से भी नहीं कटता किसी से नहीं कटता कोई संख्या तो एच सी हो जाता एक से तो सभी विभाजित होती तो एच क्या हो जाएगा एच क्या होगा एच सी होगा पांच क्या हो जाएगा होगा हम लोगों से प्रश्न में पूछा क्या है योग बताए किसका एलसीएम और एच का योग बोला है LCM प्लस HCF. तो LCM है यानी कि तो 300 और तीन है 5 तो मिलके ये क्या होगा 305 आंसर 305 आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर होगा ऑप्शन नंबर पी हा 305 होगा बताए समझ में आया कि नहीं एक बार जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताए तो क्लियर है समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आ रहा है तो आगे चलेंगे नहीं आ रहा है तो दोबारा समझाएंगे हा आसान आसान क्वेश्चन है एलसीएम एससीम में बहुत ज्यादा आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा और जितना टफ पूछेगा उतना पढ़ चुके हैं पहले कोर्स में भी पढ़ा चुके हैं ठीक है थीके? हा वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी सबका आ रहा है आगे चले समझ में आ गया है नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुतम समाप्त और महत्तम महत्वम समाप्त का क्रमशः 1920 और 4 है उनमें से एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। एलसीएम एच दिया है पहली संख्या दिया है दूसरी संख्या पूछ रहा है तो एक छोटा सा फॉर्मूला हम आप लोगों को बताएं हैं एल गुने एम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आप सभी को पता है तो बताएं क्या होगा बताएं जल्दी से जल्दी से हा बहुत अच्छे बहुत अच्छे कुछ स्टूडेंट आंसर दे। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन है एलसीएम दिया हो एच दिया हो देखिए जैसे एलसीएम एच और एक संख्या दिया हो दूसरे संख्या पूछे तो फॉर्मूला होता है एल गुने एच बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या ये होता है बस इसी पे रखना है आ जाएगा LCM कितना कितना है है 1920 1920 HCF कितना है? 4. एक संख्या कितनी है साठ दूसरी संख्या पूछ रहा है क्या दूसरी संख्या वो पूछ रहा है क्या होगा यही बताना है बता सकते हैं बड़े आराम से कुछ नहीं करना है साठ गुने में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो उन्नीस गुने चार बटा का क्या होगा साठ बराबर सेकेंड वाला नंबर तो चार से कटा लेंगे तो पंद्रह बार में और ये कटेगा पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस होगा चार, चार उन्नीस बयालीस हो जाएगा तो पंद्रह दुना के तीस हो जाएगा फिर बारह जाएगा एक सौ बीस पंद्रह बटे एक सौ बीस तो जो सेकेंड वाला नंबर होगा तो हो वो होगा वन ट्वेंटी से दूसरी जो संख्या होगी होगी एक ऑप्शन नंबर ए हा 128 सबका आंसर आ रहे 128 वेरी गुड बहुत बहुत है जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे वन ट्वेंटी एकदम सही है समझ में आ गया तो ये भी क्वेश्चन क्या है पूछा गया है एस एस 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है बड़े आराम से कर सकते हैं कुछ करना ही नहीं है इजी है आराम से कर लेंगे आगे चले बहुत अच्छे समझ में आ गया है चलिए नेक्स्ट देखिए तीसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए चलिए क्वेश्चन है दो संख्याओं के लघुत्तम समाप्त और महत्वम समाप्त क्रमशः तीन हजार पांच सौ चौसठ और इक्यासी है यदि तीन सौ चौबीस और एक्स है तो एक्स के अंकों का योग क्या होगा पूछा गया क्वेश्चन है बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए यह भी पूछा गया क्वेश्चन है एस एस सी का पूछा गया क्वेश्चन है एस जी 2021 का ये पूछा गया क्वेश्चन है आंसर आप लोग दे बताए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा चलिए देखिए संख्याएं भी दी गई हैं एक संख्या यहां पे दिख रही दी है दूसरी संख्या को एक्स बोला है एलसीएम एस शब्द दिया हुआ है बड़े आराम से कर सकते हैं कुछ करना ही नहीं है हाँ, और बोल रहा है x के अंकों का योग अंकों का योग क्या होगा जो संख्या रही है उसको आपस में जोड़ेंगे जैसे मान लीजिए दो आ गया दो तो 2 7 9 8 ऐसे जोड़ के ठीक है जैसे जोड़ेंगे दो सात नौ नौ सत्रह सत्रह इस तरह से आंसर देना है समझ रहे मान लीजिए एक सौ छानबे आ गया एक सौ छानवे आ गया तो एक नौ दस दस और छोलह आंसर देंगे सोलह इस तरह से आपको आंसर देना है देख रहे हैं? अलग अलग इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं ज्यादातर स्टूडेंट देखिए समझिए क्या तरीका आप सबको पता ही है देखिए, वे संख्या 324 और x है एलसीएम गुने एस सी गुने एलसी बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या यही होता है तो एलसीएम कितना दिया हुआ है 3564 गुने एस कितना है इक्कासी है और एक संख्या है 324 और दूसरी संख्या है x। एक्स तो x की वैल्यू ला सकते हैं बड़े आराम से तो x बराबर क्या होगा ये 324 उधर गुना में इधर आएगा भाग में हो जाएगा यानी 3564 फाइव 81 फोर बटा का 324 324 चौबीस तीन 8 चौबीस आठ तरीके आग 32, ध्यान दीजिएगा 32, आप चाहे तो छोटा कटा सकते हैं या चार बार में कटा सकते हैं ध्यान दीजिए चार बार में पूरा पूरा कट जाएगा याद देखिए तो नौ नौ से नौ, नौ सत्ताईस और नौ छके चौवन और नौ चौको छत्तीस चार बार में कटा चार से ये कटेगा देखिएगा चार से चार वे बत्तीस और यहाँ पे हो जाएगा तीन छत्तीस चार नवा छत्तीस और चार एकम एक चार बराबर इधर क्या है एक्स तो x बराबर आया क्या x बराबर आया आठ सौ क्या है? आया है आठ सौ इक्यानवे बराबर आया है पूछा क्या है हम लोगों से देखिएगा प्रश्न में बोल रहा है x के अंकों का योग क्या होगा अंकों का योग क्या बोला है अंकों का योग अंकों का योग बोल रहा है अंकों का योग मतलब ये जो संख्याएं हैं इनका योग 8 प्लस नाइन तो एक नौ दस आठ अठारह आंसर होगा क्या 18। ऑप्शन नंबर क्या होगा पहला सही होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा पहला सही होगा बताए तो क्या आंसर आ रहा है 18 आ रहा है हाँ आठ सौ आ रहा है ना संख्या ठीक है वेरी गुड बहुत अच्छे और जोड़ने पे क्या आ रहे हैं अठारह आ रहा है कि नहीं ये बताइए ये पूछा है पूछा गया क्वेश्चन है बड़े आराम से कर सकते हैं बताए समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया तो आगे चलेंगे नहीं आया है तो दोबारा समझाएंगे जल्दी से बताएं सारे स्टूडेंट एक साथ बताएं कमेंट करके समझ में आया है कि नहीं चलिए समझ में आ गया है तो एक बार यस ऐसा कमेंट कर दीजिए फिर आगे चले मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए तैयारी अब आप लोगों की हो चुकी है 100 परसेंट हो गई है बस एग्जाम देना है सिलेक्शन लेना है ठीक है हाँ, पीछे वाली जो भी आपकी चली हुई है उसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा पढ़ के जाइएगा जितना पढ़े हैं आज तक सब रिवीजन करके जाइएगा रिवन कर फॉर्मूला के जाइएगा हाँ, में क्योंकि फॉर्मूले भी उस क्वेश्चन आएंगे में फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आराम से कर लेंगे यस सर समझ में आ गया वेरी गुड चलिए समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को लाइक भी कर दीजिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर दो संख्याओं के लघुत्तम uh, महत्तम समापर तक कि दो क्रमशः 210 और 5 है यदि दोनों संख्याओं में में दोनों संख्याओं में से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या कौन सी है सिंपल है दो संख्याओं का एलसीएम दिया गया है और उनमें से एक संख्या 30 है दूसरी संख्या पूछ रहा है कुछ तो करना ही नहीं है यह तो ओवरल हो जाएगा बिना पेन उठाए आंसर दीजिए दो संख्याओं के लघुत्तम समापर्त यानी एल्सियम और महत्तम समापर्तक यानी कि दो सौ दस और पांच है दो संख्याओं में एक संख्या तीस है दूसरी संख्या कौन सी होगी आसान है बहुत ही आसान थर्टी फाइव आंसर आ रहा है सबका बहुत अच्छे अभी बताए ना एलसियम गुने एस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम कितना दिया गया है एलसीएम दिया गया है 210 सौ कितना है पांच है और एक संख्या 30 है दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 3 सत्त इक्कीस डायरेक्ट कटेगा सात सात पचे पैंतीस सेकेंड वाला नंबर क्या होगा थर्टी फाइव पैंतीस पैंतीस आ रहा है ना सबका आंसर कुछ है ही नहीं